दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो और पाओ जिंदगी से छुटकारा और साथ ही साथ इस घंटे का भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सके